वेलकम बैक गाइस डिमो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम दिखाने वाले हैं फ्लीफायर के कुछ नीक एंड अपडेट के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ तो बहुत ही मजेदार मजेदार अपडेट आने वाला है मैजिक की बंडल आने वाला है और बहुत सारे आपका इवेंट आने वाला है फिश का स्क्रीन आने वाला है और ईवो गन्स आने वाला है क्या क्या होने वाला सारा इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करे और चले देखते हैं तो पहले हम लोग को टपाप्यू में बनाने वाला है भाई इस वीक का टॉप टॉप ऑफ इवेंट आप लोग को दें देखने मिलेगा कुछ इस तरह के मौकों थीम पे बने हुए बैकपैक और ग्लोअल की स्किन्स जो आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार है तो देख लीजिए ग्लोअल की स्किन और आपका बैकपैक पे दोनों मिलने वाला है इस बार का टॉप ऑफ इवेंट में और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कुछ लिख्स निकल के कुछ फिश का स्किन आने वाला है फिश का स्किन आपका इस तरह का फिश का स्किन होने वाला है जो आपको ओपी लगेगा बहुत ही मज़ेदार इलेक्ट्रॉनिक शॉप के टाइप फिश का स्किन है आपका बहुत ही शानदार होने वाला है फिस्ट का स्क्रीन बढ़ते हैं नया अपडेट की तरफ तो उससे पहले भाई मेरे चैनल पर जो जो है वो लोग भाई लाइक कर दे और चैनल पे जो जो नया है वो लोग लो सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सिलेक्ट करें क्योंकि मैं नया नया हूँ भाई अपडेट इस बार दे रहा हूँ और भी दूंगा अपडेट नए नए अपडेट पूरा अपडेट देने वाला हूं और लास्ट तक आप लोग बने रहें क्योंकि आप लोगों को कौन से कौन सा इमोट आने वाला है वो भी दिखाऊंगा तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने गेम के मतलब फोकस करते हैं तो कुछ इस तरह की फामस गन होने वाली है आपका ईवो ईवो गन होने वाली है जो काफ़ी दिखने में मज़ेदार लग रही है तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह के ये और इसका कुछ इमोट भी आने वाला है इसका इमोट ये होने वाला है आपका देखिए इस तरह के इमोट होने वाला है तो कुछ बुरा तो नहीं है भाई अच्छा ही है। ये है पूरा इमोट इसका और नेक्स्ट आपका आने वाला है मैजिक क्यूब बंडल सब लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं भाई मैजिक क्यूब बंडल में क्या आने वाला है तो क्या इस तो मैजिक क्यूब बंडल में कुछ तो इस बार मतलब अच्छा दे गरीना मतलब कुछ अच्छा दे दे तो भाई सब लोगों का दिल खुश हो जाए लेकिन क्या करे यार गरीना तो अच्छा देता ही नहीं क्या क्या यार गरीना मतलब काटता है खाली काटने में रहता है इंडिया सर्वे में भाई सब देखो इस बार हम लोगों को जो मैजिक बंडल आने वाला है वो कुछ इस तरह के के दिया है तो ये है नए ने मिस्टर नेट के कर का जो डायमंडल में ले चुका है जो करेक्ट जो मतलब दिया था वही आपका मैजिक क्यू बंडल में नेक्स्ट अभी आने वाला है फिलहाल अभी दो चार दिन में अभी आपको मिलने वाला है कुछ यही नेट के कर बोल के आएगा और दूसरा कुछ नहीं आने वाला है आप लोग दूसरा का वीडियो देख के ऐसे टेंशन में मत रहो जो ये आएगा ये नहीं आएगा भाई यही आएगा जो मैं दिखा रहा हूँ ये आएगा 100% परसेंट श्योर sure. देख लेना यदि नहीं आया मेरे वीडियो को लाइक मत करना इतनी गारंटी मैं देता हूँ भाई तो देख लो ये आएगा और कुछ न्यू न्यू इमोट आने वाला है और न्यू इमोट का वीडियो इस तरफ तरीके का होगा भाई देख लो तो ये वाला हम लोग का पहला इमोट हो गया ये देखिए ये कुछ इस तरीके का पहला इमोट आने वाला है भाई सब दूसरा इमोट आने वाला है ये मिस्टर बेगस क्या नाम है इसका भूल गया भाई इसके शायद में भाई ये वाला मज़ेदार रिमोट है भाई कुछ तीसरा इस तरह का गाना वाना बजने वाला और डांस करने वाला वो भाई ढिंचक ढिचक करने वाला ऐसा आएगा तीसरा आपका गोली मारने वाला वो गोली अखी से गोली मारे लड़की का ओ, ओ, ओ चश्मा लगा रहा है भाई ओ भाई साहब ये वाला आने वाला है चौथा ये वाला आने देख लीजिए वो कुछ सब पुड़ी की पूरी मतलब रिमोट डांसिंग पे ही है दूसरा कुछ नहीं डांसिंग पे ही है ये क्या कर रहा है भाई ओ भाई साहब ओ ये वाला ओपी ये वाला मजा लगा ओह हो भाई साहब और नेक्स्ट कुछ लिख्स निकल के आया है कुछ मजेदार बंडल आया है ओपी वाला बंडल वो तो बंडल देख के आप लोग भी बोलेंगे हम मुझको भी चाहिए ऐसा बंडल आया है तो देखिए ये वाला पिक्चर है उसका ये वाला बंडल आने वाला है आपका ये बड़ा मज़ेदार बंडल है वो ओ पी लग रहा है इसका पेंट भी ओपी पी लग रहा है बहुत ही मज़ेदार इवेंट आने वाला है ये वाला बंडल ये तो मैं निकालूंगा भाई कौन कौन इसको निकालना चाहता है मैंने को कमेंट में बताओ मैं निकाल के नहीं दूंगा खुद निकालना <laughs> भाई साहब <चाहिए। laughs> कुछ इससे मोपी वाला है ये वाला और कुछ नया पेट का इवेंट आने वाला पेट का इवेंट नहीं पेट आने वाला है नया जो हम लोग का बहुत ही भाई चूहा बोलो या चूही बोलो कुछ भी बोल दो उसको देखने में अच्छा है बहुत ही मज़ेदार है देखो भाई क्या ही लकल लग लग रहा है इसको छोटी सी है कहीं छुप जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा भाई यही अच्छा है मज़ेदार है लेकिन हाँ सच में बहुत ओपी वाला चूहा है चूहा बोलो या कुछ भी बोलो यार लेकिन अच्छा है देखने में भी अच्छा है बहुत ही ओपी है ये वाला तो ये भी मैं निकालने वाला हूँ भाई कौन कौन निकालने वाला है ये भी मेरे को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना तो आप लोगों को भाई और कैसी लगी आपको अपडेट्स आप एंड लीक तो भाई मुझे कमेंट करके कर जरूर से ज़रूर बताना और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो लोग भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर स्लेक्ट करें और लाइक करना मत बोलता मत भूलना भाई कुछ भी मिस्टेक हो रहा है इसलिए माफ़ करना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों